तो गैस आप सभी स्वागत है मैं अंदर अनबॉक्सिंग वीडियो में तो गायस मैंने रिसेंटली लैपटॉप ले परचेस किया था थर्टी अक्टूबर को लैपटॉप परचेस किया था और गैस आज ट्वेंटी नवंबर है सो तो आज मतलब एडिटिंग नहीं किया था तो उसकी वजह से लेट हो गया वीडियो डालने में सो तो आज ट्वेंटी नवम्बर है सो तो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो चलिए गायस अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू करते है तो गैस आप लोग देख सकते है ये मेरे लैपटॉप का बैग एच और ये है कोवर यानी कि कार्टन और कैसे यहाँ कोबर से मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है लैपटॉप और वो बैग के अंदर है तो चलिए मेरा लैपटॉप का वो फीचर वगैरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी है और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर कब इम्पोर्ट हुआ था ठीक है ये लैपटॉप यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है मंथ ईयर सेप्टेम्बर टू और एम आर पी फोर्टी फाइव लिखा गया है और ये मुझे मैंने Uh, 43,500 में परचेज़ किया लैपटॉप और मॉडल नंबर HP 15SDU3055TU, ठीक है इसका मॉडल नंबर और यहां ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 है जो कि लेटेस्ट विंडोज है और चलिए मैं दूसरी तरफ दिखा देता हूं आप लोगों को ये एक तरफ़ से फैसिलिटी हो गया और ये दूसरी तरफ आप लोग यहां पे देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर मॉडल नंबर तो ऊपर ही है और इसके बाद क्या क्या है इसमें कौन सा प्रोसेसर है इंटेल कोर आई थ्री एलेवन जनरेशन का प्रोसेसर है और उसका बाद वन टी हार्ड ड्राइव और उसके बाद विंडोज़ अलेवन वो लेटेस्ट विंडोज़ और उसके बाद एट जी बी रैम है जो कि डी फोर है और उसके बाद फिफ्टीन पॉइंट सिक्स फोल एच डी डिस्प्ले और टू फिफ्टी नीट्स का ब्राइटनेस है तो चलिए यह है लेपटॉप का फीचर कुछ और चलिए आगे दिखाता हूँ आप लोगों का लैपटॉप ठीक है ये हो गया लैपटॉप का फीचर और ऐसे एच पी बहुत अच्छा लगता है मुझे तो लैपटॉप पर्सनली तो चलिए ये जो बैग आप लोग देख रहे हैं यहीं पे है लैपटॉप और गैस ये जो बैग का प्राइस लिखा हुआ था जो कवर एक प्लास्टिक पे वहाँ पे वन नाइन नाइन नाइन यानी कि दो हज़ार रुपये लिखा हुआ था लेकिन इसका कितना हुआ है वो तो मुझे मालूम नहीं लैपटॉप में फ्री आया और इसके बाद देख सकते गैस बहुत ये जो जहाँ से परचेस किया है गैस वो उसका इन बिल है ठीक है और ये है मेरा लैपटॉप तो देख सकते हैं गाइस लैपटॉप यही है और चलिए मैं आप लोगों को बैग का क्वालिटी दिखा देता हूं ठीक है ये बैग देखिए देखने में कितना सुंदर है और सिर्फ दो ही चेन है यहाँ पे ऊपर एक और नीचे एक और यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं और चार्जर वगैरह ऊपर डाल सकते हैं नीचे लैपटॉप और ये स्पॉन्स देख सकते हैं कितना मोटा है तो ये है लेपटॉप के सेफ्टी के लिए और लैपटॉप डालने के तो बाद ऐसे लगा सकते हैं और चारों तरफ से काफ़ी बढ़िया है लैपटॉप लैपटॉप बैग है तो ऑबियसली बढ़िया दू होगा सो so, चार्जर आप लोग देख सकते हैं यह लैपटॉप है का चार्जर जो कि 65 फाइव वाट का है जो आप लोग देख सकते हैं तो थोड़ा जल्दी चार्जिंग होगा 65 फाइव वाट का है तो चले मे एच पी जो लैपटॉप है इसके कुछ अच्छी तरह से आप लोगों को मैं दिखा देता हूं यह लैपटॉप कैसा है सो so, चलेगा इस ये लैपटॉप उतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है पतला टाइप का है और क्या क्या पोर्ट दिया गया है इसमें मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे हेडफोन जैक और उसके बाद ये टाइप सी जैक और उसके बाद ये है एच पोर्ट और ये पता नहीं क्या कौन सा पोर्ट है मुझे मालूम नहीं है और दूसरी तरफ यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दो है और उसके बाद चार्जिंग केबल जो चार्जिंग डालने वाला और ये एच कार्ड डालने वाला ठीक है और यहाँ पर जो डी ड्राइव डालते हैं ना गैस वो लेकिन इस लैपटॉप में नहीं है क्योंकि लैपटॉप जितना पतला होगा उतना ही जो चीज़ मतलब जो चीज़ पहले ऐड था वो चला जाएगा क्योंकि ये पतला है ना तो यहाँ पे डिल्वरी ड्राइव नहीं है वो एक्स्ट्रा आप लोग कभी कभी एक्स्ट्रा जो मिलता है वो आप लोगों को खरीदकर यूज़ करना पड़ेगा तो चलिए ये मेरा लैपटॉप और गाइस ये देख सकते हैं एच का लैपटॉप 15.6 इंच का तो चलिए इसे ऑन करते हैं फटाफट और आप लोग मैं दिखाता हूँ ऑन करके अभी ये ऑन हो रहा है आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे कोर i3 का स्टिकर वगैरह लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे कुछ व्हाट्सअप का सपोर्ट दिया गया है एच की तरफ से और यहाँ पे देख सकते हैं गाय जो स्किन है वो थोड़ा बड़ा जैसा लगता है वो साइड में जो होता है ना वो बहुत पतला सा है और ये ऊपर नीचे तो थोड़ा मोटा ही है देखने में लेकिन जो साइड की तरफ है वो बिल्कुल वेजल्स बहुत ही कम है और उसके बाद स्किन थोड़ा अच्छा देखने में थोड़ा अच्छा लगता है स्किन इस टाइप का विंडोज़ 10 में मेन मैनू यहाँ पे आता था लेकिन वंडोज 11 में यहाँ पे आता है तो कुछ फ़र्क है थोड़ा जब भी गैस कुछ नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो चीज़ें फ़र्क होता है और गैस मैं वीडियो बाहर शूट कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से लैपटॉप दिखाई नहीं दे रहा होगा इसके। मुझे भी मालूम नहीं है क्योंकि अभी मैंने देखा है विंडोज़ चलाया है विंडोस अलेवन इसी लैपटॉप में तो मुझे मालूम नहीं है इसका फैसिलिटी वगैरह और ये जो जहाँ से मैंने परचेस किया था गैस गुवाहाटी नारंगी से और वहाँ का इन्वर्स बिल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन बिल में 44,750 फोर है और यहाँ पे वो ऐड नहीं किया है 500 का जो मैंने कूलिंग पेड लिया था वो मैंने बाद में एक्स्ट्रा ले लिया सो यहाँ पे बिल में ऐड नहीं किया गया है तो टोटल हो जाता था 45,250 फाइव तो 250 हंड्रेड नहीं दिया 45,000 पूरा पे कर दिया तो लैपटॉप में मुझे फोर्टी में लैपटॉप मिल गया बैग मिल गया उसके बाद वायरलेस कीबोर्ड मिल गया इंडेक्स का माउस uh, और कीबोर्ड दोनों मिल गया और उसके बाद मुझे मिल गया कुलिंग पेन तो 45,000 में, में मेरा पूरा का पूरा सेटअप कंप्लीट आई होप ग अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले तो मिलते हैं अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो में या कुछ ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय